जो लोग कहते हैं ना कि मैं हूं हैं कि मैं मैं हूं ना साथ तुम्हारे पर जब बुरा वक्त आता है ना तो कम वक्त कॉल तक भी नहीं उठाते हैं हमारे कॉल तक भी नहीं उठाते हैं हमारे